बात अबे 4 5 अबे 1 2 तो अबे 0 ठीक है अबे भाई कितने कटे है यार ठीक है बोलो ये कितना है लग नहीं लग सही से ना कर ये चल ठीक है उठोगे उठा दिए अब <laughs> <One, two, three. laughs> <laughs> <laughs> <Bacze, laughs> देख तेरी क्या क्यों या ब्रो उ मच औमत वाट औमत गैस भी लग रहे ठागो बंद यानी गया भाई गया हाउ अड़ो वे मैं हूं भाई सोर दे जो है बाबू तुम गांव में कौन सी दुनिया में आ गया अरे मेरे जैसे बांध मैंने अरेट है भाई। टाइट है है <laughs> कसम <एक> से नहीं दिख रहा अंधेरा छा गया पकड़ा भाई सा सा जो भी अपने नाम हाजिर है <laughs> <आजी रहे? जी laughs> <laughs> कौन कौन है है है है हाजिर हाजिर हाजिर ये मेरी से मुझे से इस बच्चे का मैं कुछ कल्याण कर <आए>? ऐसा है गया थोड़ा और बाबा से हो रहा है गया। ये देखो <laughs> तो <laughs> करो के बंद बस तुम मेरी आंखें बंद कर दे क्लोज कर दीजिए अरे <laughs> <laughs> किसने मेरे को चाटा मारा मामा और और मामा सबोनी तेरा मैं वा अच्छा अच्छा क्या होता है अभी देख तुझे लेके चलते हैं यमराज जी के पास यमराज जी तो मेरा पुराना भाई है वाह ऐसा लगता है सर खेत जा रहा माथे पे पगड़ी बांध कैसे बताइए कितने कितने हैं हैं है अभी अभी दिखाते हैं। ये मेरे है, तेरे में ये हैं। तेरे हाथ हाथ हाथ मेरे मेरे में में में ले बता बता तेरे तो दिखा दिखाऊंगा नहीं तभी बताऊंगा मैं पहले जल्दी बस नहीं नहीं नहीं अरे ही है मेरे साथ दुख नहीं गया तेरी इसकी <laughs> <laughs> है मैं पता नहीं क्या हो रहा बताता आपको लेट से टाइम नहीं है जल्दी लेट बच्चे हाथ नहीं लगाना हाथ <laughs> <laughs> <आथ> मैं लगा। <laughs> तुम सिर्फ <laughs> बच्चे आटा पड़ गया लेट गया आटा कौन ये ये ये ये ये क्या कर रहे हो ऐसे होते ओके करने दो बेटे बेटे बेटे मजा मजा मज़ा मज़ा और और और उससे ले रहा था तो आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे और हाँ प्लीज बेल आइकन दबाना भी मत भूल